हेलो हाय दोस्तों तो फिर कैसे हैं आप लोग हमारे ख्याल से ठीक होंगे ये है जय सिंह पावरा हाय और मैं मेरा नाम मंगेश पावरा है और हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो फिर बना रहे हैं हम रोज बैंगन बेचने जाते हैं तो है। वेडियल ले जाते हैं और सिर पे और टोकरा लेके इसलिए खटारा साइकिल है उसको सुधारने वाले हैं तो फिर वीडियो में बने रहे साइकिल है पर उसकी भी कभी कभी खटारा हो जाती है इसलिए स्पेशल बना रहे हैं और वीडियो में बना रहे अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में बना रहेगा फिर हम हमारे खत्ता साइकिल दिखाएंगे ट्रोनिंग हेलो दोस्तों तो फिर हमने बना लिए है थोड़ी बाकी है पर अब हमको टाइम हो चुका है तो अब बकरे चाराने के लिए छोड़ना पड़ेगा इसलिए अब कल सुधारेंगे उसके वो सर बोलते हैं वो निकल चुके हैं डब भी बैठाना पड़ेगा वो कैसे आते आपको दिखाऊंगा अच्छा ये ये डब्बी है ये बैठाने पड़ेगी उसके अंदर वो सरे आते वो डालनी पड़ेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगी और कल से बेंगन बेचने चालू कर देंगे आज भी रखे जाएंगे नहीं चलेगी रे ऐसे ये जाएगा रे फिर भी चला रहा है उसका तो हवा बहन की जरूरत नहीं पड़ेगी अब ओए ओए चेंटून को ये करें तो ही रहेंगे कोई लो चेन टूट गई भाइयों हमारे हमारी वीडियो में बने हुए और भी ज्यादा ऐसा हो गया है आज के लिए